एक बार एक गांव में एक भला आदमी बिक्री से दुखी था यह देख एक चोर को उस पर दाया आ गई यह देख एक चोर के उस पर दाया आ गई वह उसे बेरोजगार आदमी के पास गया और बोला मेरे साथ चलो चोरी में बहुत सारा धन मिलेगा आदमी बेकार बैठे बैठे परेशान हो गया था इसीलिए वह उस चोर के साथ चोरी करने को तैयार हो गया लेकिन अब समस्या यह थी की उससे चोरी करना आती नहीं थी उसने साथी ऐसी कहा मुझे चोरी करना आती तो नहीं फिर कैसे करूंगा चोर ने कहा तुम उसकी चिंता मत करो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा अगले दिन दोनों रात के अंधेरे में गांव से दूर एक किसान का पका हुआ खेत काटने पहुंच गए वह खेत गांव से दूर जंगल में था इसीलिए वहां रात में कोई रखवाली के लिए आता जाता ना था लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज ऐसी उसने अपने नए साथी को खेत के मुंडे आरोप रखवाली के लिए खड़ा कर दिया और किसी के आने और आवाज लगाने को कहकर खेत में खुद फसल चोरी करने पहुंच गया नए साथी ने थोड़ी ही देर में अपने साथी को आवाज लगाई भर जल्दी उठो यहाँ से भाग चलो खेत का मालिक फांसी खड़े देख रहा है चोर ने जैसा ही अपने साथी की बात सुनी वह फसल काटना चोर उठकर भागने लगा कुछ दूर जाकर दोनों खड़े हुए तो चोर ने साथी ऐसी पूछा मालिक कहाँ खड़ा था और कैसे देख रहा था नए चोर ने शहजात पूर्व जवाब दिया मित्र ईश्वर हर जगह मौजूद है इस संसार में जो कुछ भी है उसी का है और वह सब कुछ देख रहा है मेरी आत्मा ने कहा ईश्वर यहाँ भी मौजूद है और हमें चोरी करते हुए देख रहे हैं इस स्थिति में हमारा भगवान ही उचित था